आज हम आपको पाँच मजेदार पहेलियां बताएंगे जिनका जवाब शायद आपको पता नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीने पर मर जाता है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है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 <laughs> कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है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 एक व्यक्ति काफी देर से अखबार पढ़ रहा था तो दूसरा व्यक्ति उसके पास ही आकर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा एक घंटे के बाद भी जब वह व्यक्ति अखबार पढ़ता रहा तो दूसरे व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह पूछ ही बैठा कल एग्जाम है क्या वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जस्ट वॉच सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय बाय हम जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे